नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर आर आर रवि में दोस्तों अगर आपको डायबिटीज़ है अगर आपको मधुमेह है अगर आप शक्कर के मरीज हैं तो दोस्तों आज का वीडियो केवल और केवल आपके लिए है दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ये जो दो मधुग्रेट टेबलेट है इसका गिव अवे भी लेके आया हूँ मतलब आप लोगों के लिए दो मधुग्रह टेबलेट का गिफ्ट है मेरी तरफ से तो दोस्तों इस मधुग्रह टेबलेट को फ्री में लेने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों आपको सबसे पहले हमारे YouTube चैनल आर आर रवि को सब्सक्राइब करना है दोस्त जो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है दोस्तों इसे आपको प्रेस करके पास में बेल आइकन दबाना है बेल आइकन दबाने के बाद में ओल्ड नोटिफिकेशन को सेव आपको जरूर करना है और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है वो लोग चेक कर लीजिए कि आपने ओल्ड नोटिफिकेशन को सेव किया है या नहीं किया है नहीं किया है तो कर लीजिए तो एक तो आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकोन दबा के ओल्ड नोटिफिकेशन को सेव करना है इस वीडियो को लाइक करना है इस वीडियो का लिंक कॉपी करके अपने व्हाट्सएप और फेसबुक के स्टेटस पर केवल एक दिन के लिए इसको वीडियो को लगाना है इसके बाद में दोस्तों अपने सभी दोस्तों को WhatsApp और Facebook के सभी ग्रुप में आपको इसको शेयर करना है अगर आप ये टास्क कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको मैं ये जो दो मधुगरी टैबलेट है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आपको ये मधुग्रह टेबलेट चाहिए या अगर आपकी किसी भी बीमारी को लेकर आप पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो आप व्हाट्सअप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं आपको फोन लगा के पर्सनल कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करवा दूँगा और आपको जो भी दवाई चाहिए वो दवाई भी मैं आपको बाय कोरियर आपके घर तक भेज दूंगा दोस्तों सबसे पहले हम इसके ऊपर पढ़ लेते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है इसके बाद में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि आपको कैसे फ़ायदा करेगी कैसे काम आएगी दोस्तों अगर आपने ये जो मधुनाशनी वटी का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले आप जाके देख लीजिए क्योंकि अगर आप इसे देख लेंगे तो आपको ये वीडियो समझने में काफी आसानी होगी इसका वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पतंजलि का कॉलेज के ऊपर ऑलरेडी डाल रखा है दोस्तों इसके ऊपर लिखा हुआ है दिव्य मधु ग्रीट ठीक है दोस्तों यहाँ पे दिव्य लिखा है तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि सर पतंजलि की दवाई की बात कर रहे हो यहाँ पे देवी की दवाई बता रहे हैं ऐसा नहीं है दोस्तों yes. पतंजलि की जो दवाइयाँ बनती है वो देवी फार्मेसी में बनती है और जो पतंजलि की खाने पीने का सामान बनता है वो आपके पतंजलि फार्मेसी में बनता है तो यहाँ पर आप कन्फ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा तो दिव्य मधुगृह टेस्टेड एंड वेरीफाइड मेडिसिन फ्रॉम पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट ठीक है ये पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट से टेस्ट की हुई है वेरीफाई की हुई है मेडिसिन है मतलब बहुत सारे लोगों पे प्रैक्टिकल हुआ है बहुत सारे लोगों पे ट्रायल हुआ है जब लोगों को इसका फ़ायदा मिला जब लोगों की डायबिटीज़ इससे ठीक हुई इसके बाद में पतंजलि ने इसे मार्केट में लॉन्च किया है हालाँकि पतंजलि ने अभी नई दवाई निकाली है दोस्तों इसके अंदर सिक्सटी टेबलेट आती है मतलब साठ गोल इसके अंदर आती है तो इस साइड तो ये लिखा हुआ था इधर की साइड अगर हम देखेंगे तो मधु लिखा हुआ है इधर भी मधु है हाँ इधर की साइड दोस्तों इस पर क्या क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ दोस्तों यहाँ पे डोज और मेथड ऑफ यूज़ लिखा हुआ है तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि इस पर डोज और मेथड ऑफ़ यूज़ जरूर लिखा है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक दवाई है ठीक है ये कोई जनरल टॉनिक नहीं है ठीक है तो इसको आपकी बीमारी के अनुसार आपकी प्रजेंट हिस्ट्री कर, पास्ट हिस्ट्री करंट सिचुएशन पास्ट सिचुएशन ठीक है आपके जो डायबिटीज़ का लेवल जो है करेंट लेवल ठीक है हर चीज़ को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ है अभी आपकी क्या दवाई चल रही पहले आपकी क्या दवाई चली है ठीक है इंसुलिन चल रहा है नहीं चल रहा है दोस्तों बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद में ये डिसाइड होता है आपको कि ये आपको कितनी गोली लेना है और ये दवाई आपको लेना भी है या नहीं लेना है या आपको कोई दूसरी दवाई लेना है तो इसके लिए दोस्तों स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं आपको फ़ोन पे पर्सनल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवा दूंगा और आपको बता भी दूँगा कि आपको कैसे लेना है फिर भी मैं आप लोगों की तसली के लिए एक बार यहाँ पर पढ़ के बता देता हूँ कि इसको कैसे लेना है डोज and method of use: Two tablet twice a day, post meal with lukewarm water or as directed by the physician. देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है दो गोली सुबह शाम लेना है आपको खाना खाने के बाद में लेना है इसको और गुनगुने पानी से लेना है ठीक है और इसके बाद में लिखा हुआ है एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन या फिर आप चिकित्सीय परामर्श अनुसार मतलब किसी के परामर्श लेके ही इसे ले हुए यहाँ भी इसलिए लिखा हुआ है दोस्तों ये क्योंकि ये मतलब दवाई है दवाई को ऐसे ही नहीं लिया जाता है इसमें इंडिकेशन भी लिखा हुआ है दोस्तों मधुमेह एवं मधुमेह जन्य उपद्रव मतलब डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लीकेशन दोनों में ही ये काम आती है दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता देता हूँ डायबिटीज़ उतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं होती है जितने ख़तरनाक डायबिटीज़ के कॉम्प्लीकेशन्स होते हैं ठीक है कीप इन कूल ड्राई एंड डार्क प्लेस मतलब इसको ठंडी जगह पे, सूखी जगह पे और धूप नहीं लगे ऐसी जगह पे इसको रखना है दोस्तों इसके अंदर जो है साठ गोली आती है मतलब तीन स्ट्रिप निकलेगी जिसमें बीस बीस गोली रहेगी और टोटल साठ सिक्सटी टेबलेट्स इसमें आती है और ये तीन इसकी कीमत है दोस्तों तीन का एक पैकेट आता है और बस दोस्तों इसके अलावा इस पर और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है हमने लगभग लगभग इधर का पढ़ लिया है अब बात करते हैं दोस्तों इसमें कंपोजिशन की कि ये क्या क्या मिल बनी हुई है किन किन चीज़ों से बनी हुई है देखिए दोस्तों यहाँ भी लिखा हुआ है मधुग्रीत यहां भी लिखा हुआ है आयुर्वेदिक प्रोपायटरी मेडिसिन ठीक है ये आयुर्वेदिक प्रोपायटरी मेडिसिन है ठीक है दवाई ये इसीलिए इसको आपको मन से नहीं लेना है अच्छा इसमें क्या क्या मिला हुआ है वो हम पढ़ लेते हैं कंपोजिशन और पतंजलि मधुग्रीत पाउडर सॉप चंद देखिए पाउडर फॉर्म में इसमें मिला हुआ है चंद्रप्रभावटी दोस्तों मैं आपको बताऊं ये जो चंद्रप्रभावटी और शुल् शिलाजीत शुद्ध जो है ये अपने आप में डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्योर करने के लिए बहुत ही बढ़िया दवाई होती है ठीक है और वो भी इसके अंदर मिली हुई है इट मींस मधुग्री टेबलेट बहुत ही अच्छा आपको इफेक्ट दिखाने वाली है अच्छा इसमें मिला हुआ है पाउडर सॉफ्ट चंदप्रभावटी शुद्ध शिलाजीत एक्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में मिला हुआ है गिलोय इंद्रायणा करेला चिरायता शतावर अश्वगंधा और एक्सपिशंस के फॉर्म में इसमें मिला हुआ है गम एसीशिया टेलकम एमसीसी और सोडियम इतनी सारी चीज़ें इसमें मिली हुई है दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सावधानी में टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन या फिर चिकित्सीय परीक्षा निरीक्षण में ही प्रयोग करें ठीक है ये दोस्तों ये यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ देखिए मैं शुरू से आपको बोलता हूँ कि इसको अपने मन से नहीं लेना है ये डायबिटीज़ दोस्तों छोटी मोटी कोई बीमारी नहीं ठीक है तो इसको अपने मन से नहीं लेना है इसको आपको लेना है अगर तो आप एक बार कंसल्टेंसी ले लीजिएगा इसक्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर है इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको प्रॉपर पर्सनल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवा दूँगा दोस्तों अब इसके अंदर से हम देख लेते कि किस टाइप की गोली निकलती है देखिए इसके अंदर हम देखेंगे इस प्रकार से तीन स्ट्रिप निकलती है दोस्तों ठीक है एक दो तीन और एक स्ट्रिप में दोस्तों 20 गोली होती है ठीक है चार इसे पांच इसे फाइव फोरजा 20 बीस गोली एक में होती है तो टोटल तीन है तो 60 टेबलेट्स में निकलती है और इसके पीछे भी दोस्तों वही सब कुछ लिखा हुआ है जो हमने पैकेट के ऊपर पढ़ा है तो हमको इसको डबल से पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि दोस्तों आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो जो है लेके आता रहता हूं तो इस वीडियो को लाइक करते जाइए दोस्तों और इसके बाद में दोस्तों अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट हो क्वेश्चन हो कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर दीजिए मैं अभी आपकी दो से तीन घंटे में कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा और फिर भी आपको अगर आपकी किसी भी बीमारी को लेकर पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं आपके घर तक भी आपको पहुंचा दूंगा और आपको पर्सनल जिसको डायबिटीज है या फिर मधुमेह है या फिर जो शक्कर की बीमारी के मरीज है ठीक है मतलब अगर आपको डायबिटीज है तो आप इसका सेवन बिल्कुल कर सकते हैं अच्छा इसके बाद में दोस्तों इसको कौन नहीं ले सकता है दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसको कोई नहीं ले सकता है लगभग लगभग सभी ले सकते हैं लेकिन अगर देखिए ये सारी चीज़ डिपेंड करती है कि आपकी करंट बॉडी सिचुएशन क्या है आपकी पास्ट सिचुएशन क्या है आपकी अभी कौन सी दवाई चल रही है अभी का आपका जो है जो डायबिटीज़ का लेवल है वो क्या है बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है इसके बाद में ही आपको इसकी मैं बताऊंगा कि आपको इसकी इतनी गोली लेना है जैसे किसी किसी को एक गोली की ज़रूरत होती है किसी किसी को दिन भर में एक गोली की ज़रूरत होती है किसी को सुबह शाम एक एक गोली की ज़रूरत होती है किसी को सुबह शाम दो दो गोली की ज़रूरत होती है तो दोस्तों ये सारी चीज़ डिपेंड करती है किस पे आपकी करंट बॉडी की कंडीशन और करंट बॉडी की सिचुएशन पे ये सारी चीज़ डिपेंड करती तो अगर आपको जानना है कि आपको कैसे लेना है तो इसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा और आपकी जो करंट डायबिटीज़ की रिपोर्ट है ना वो मुझे ज़रूर भेज दीजिएगा उसे देखने के बाद में मैं आपको रिकमेंड कर दूँगा कि आपको कितनी गोली लेना है और ये आपको लेना भी है या नहीं लेना है और अगर आपको ये चाहिए भी तो भी मैं आपको ये व्हाट्सअप सॉरी बाय कोरियर आपके घर पर भेज दूंगा अभी दोस्तों इसमें बात करते हैं थोड़े से परहेज की कि हम इसमें क्या नहीं लेना है देखिए जो डायबिटीज़ है ठीक है वो मेनली होती है हमारे ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ने की वजह से तो हमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लेनी है जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ाए। सिंपल सी चीज़ें ठीक है मतलब मीठा आपको नहीं खाना है मेन ठीक है कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें आपको नहीं खाना है ज़्यादा ऑयली मिर्च मसाला झन्नाटेदार खाना ये आपको नहीं खाना है ठीक है और इसके अलावा भी अगर स्पेशल कोई परहेज रहेगा तो वो आपकी मतलब बॉडी कंडीशन के ऊपर या आपको और भी जैसे मान लीजिए और कोई बीमारी फॉर एग्जांपल बीपी है कोलेस्ट्रोल है मोटापा है जो भी आपको प्रॉब्लम है साथ साथ में तो वो सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको और क्या लेना है क्या नहीं लेना है ठीक है तो वो मैं आपको कंसल्टेंसी के दौरान आपकी प्रॉब्लम सुन के मैं आपको बता दूँगा कि आपको और क्या इसके साथ में लेना है या और क्या नहीं लेना है बस दोस्तों इस मधुग्री टैबलेट के बारे में इतना ही था लगभग मैंने आपको इसका सभी चीज़ बता दी और लेने का तरीका तो मैंने आपको बताई दिया कि ये आपकी बॉडी की कंडीशन की देखने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसको कैसे लेना है और फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तों ना आ, मतलब आप जानते हैं हमारे देश में जो डायबिटीज़ के मरीज हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और कोरोना होने के बाद में दोस्तों ये डायबिटीज़ के मरीज और भी तेज़ी से बढ़ने लगे हैं क्योंकि जो कोरोना की जो दवाइयाँ हैं या कोरोना जिनको हो गया उसके साइड इफ़ेक्ट या हम कह सकते हैं कॉम्प्लिकेशन के रूप में डायबिटीज़ उभर के आ रही है तो ऐसे लोग जिनको अभी भी डायबिटीज़ हुई है तो वो लोग अपनी डायबिटीज़ को यहीं पे अगर सही से केयर करें यहीं पर सही से उसे रोकथाम करें अगर सही से ट्रीटमेंट दिया जाए तो वो अभी से उनकी डायबिटीज़ को क्योर कर सकते हैं बढ़ने से पहले तो दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने WhatsApp और Facebook के सभी ग्रुप में सभी दोस्तों को फैला दीजिए अपने WhatsApp और Facebook के स्टेटस में इस वीडियो को लगा दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो का या इस मधुक्री टेबलेट का फ़ायदा पहुंचाया जा सके और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा आपकी किसी भी, भी बीमारी को लेके पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा दोस्तों हर और अभी तक आपने हमारे जो गिव अवे है इसमें अगर पार्टिसिपेट नहीं किया तो कर लीजिए मैं आप में से कि दो लोगों को जो है ये दो मधुकृ टेबलेटें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है जो वीडियो के के लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस करके पास में जो बेल आइकोन है उसे दबाना है ओल्ड नोटिफिकेशन को सेव करना है इसके बाद में दोस्तों आपको इस वीडियो का लिंक कॉपी करके अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे एक दिन के लिए लगाना है फेसबुक के स्टेटस पे एक दिन के लिए लगाना है और अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करना है और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट करना है कि आपको वीडियो के बारे में क्या लगा अगर आप ये सारे चीज़ कर देते तो आपको मैं ये जो दो मजूबूरी टेबलेट है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दूँगा